बहे झुकेगा नहीं सब अरे आज स्कूल में कंडा टेरा करने क्यों आए हो बश बश बश आज स्कूल में पड़ेगा क्रिशपा क्रिशपले का डारे गुस्सा नहीं गुरु कोई सब्जी भी काटिएगा ना नहीं तुष्परा तुष्परा तेरो बेटा सूरदास जी कहते हैं कि मिले हो तो उनको बड़े नसीबों से फिर आगे सूरदास जी निर्माण किया है कि तुराया इच्छमत की तो रसीदों से। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा इतना चिंता बुद्धिरिका। तुष्परा तुष्परा। आ बेटा इधर आओ जो पिता उठाके आओ। आओ इधर आ बेटा इधर आओ। क्या नाम पुष्पा पुष्प राज नहीं सारा मैं तेरा बाप तुझ का चुका अबे बिड्डा इतना अड्डा ए बिड्डा इतना कोई stain ना है मेरा पुष्पा क्या लट कोई सा पुष्पा राज काट डालेगा वो भी अच्छी थी तो मूवी नहीं मेरा नाम है पुष्पा पुष्पा ये पुष्पा है चलो ला समझाए की अपन खिला